स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है हम लोग करेंट अफेयर पढ़ने चल रहे हैं वार्षिकांक दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 के मध्य हुए सभी घटनाक्रम को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट आज जाओ जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम तीन से चार भागों में ये डिवाइड है पहला भाग हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला भाग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख आगामी लक्ष्य फिर आगे चलेंगे ठीक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से चलिए पहला लक्ष्य देखते हैं किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक रखा गया है ठीक है जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक रखा गया है तीसरा लक्ष्य देखते हैं देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है दो तक रखा गया है सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक रखा गया है पे बहुत तेजी से काम चल रहा है ये लक्ष्य पूरा हो सकता है हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना कराने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक रखा गया है ठीक है सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक रखा गया है ध्यान रखिएगा ये सभी लक्ष्य 2022 तक के लिए रखे गए दो हजार में पूर्ण कर लिए जाएंगे जिसमें किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा सत्रह परसेंट पच्चीस करने का लक्ष्य देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य ये सब लक्ष्य रखे गए कब तक के लिए 2022 के लिए इसको आप लिख के याद कर लीजिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो दो रखा गया है अगला लक्ष्य देखते हैं उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छा ऊपर में सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो में सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो भी महत्वपूर्ण है तो याद कर लीजिएगा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है दो तक रखा गया है पेट्रोल में एथेनॉल को 10 परसेंट मिश्रित करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक रखा गया इंपोर्टेंट है लेकिन इसके बाद वाला और इम्पोर्टेंट है पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 हजार ये लक्ष्य पहले 2030 था अभी इसको घटाकर 2025 कर दिया गया है ठीक है तो ये दोनों आप याद रखेगा पहले कितना रखा गया था दो हजार साल घटाकर दो कर दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान रखिएगा अगला लक्ष्य हर घर में नल से जल यानी स्वच्छ जल आपूर्ति का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 रखा गया है महत्वपूर्ण है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 रखा गया है इम्पोर्टेंट है ये दोनों 2024 के लक्ष्य हैं ध्यान रखिएगा 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है दो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 रखा गया है भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2024 हजार चौबीस रख दो रखा गया है अच्छा ध्यान रखिएगा ज्यादातर बुक में 2024 ही दिया है और जितने भी तो उसमें दो उसमें 2024 रखा गया है ठीक है लेकिन जो आ, इकोनॉमिक सर्वे है है उसमें 2025 दे दिया गया है, तो ये 2024 सही आंसर है लेकिन दो हजार आए तो उसको भी आप सही कर सकते हैं ठीक है पहले भी यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 रखा गया है ठीक है दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य यानी 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य अभी कितना दूध प्रसंस्करण क्षमता है तिरपन दशमलव मिलियन टन है ये कब तक है 2025 तक है ठीक है ये जितने भी लक्ष्य आप यहां से देख रहे हैं सौ नए एयरपोर्ट विकसित करने से लेकर दूध प्रसंस्करण की क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य ये सब दो तक के लक्ष्य है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 रखा गया है वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है 100 परसेंट इलेक्ट्रिक वाहन अब्लिक कार का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है इसको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है 450 अच्छे गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है अच्छा इसी के साथ एक गीगावाट जो अच्छा ऊर्जा है प्राप्त करने का लक्ष्य 2022 रखा गया है तो यहीं पे ये भी याद कर लीजिएगा ठीक है अगला एच एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 रखा गया है चलिए प्रमुख चक्रवात की तरफ चलते हैं पहला चक्रवात आपके सामने है गुलाबी तूफान गुलाबी तूफान जो चक्रवात है वो सितंबर 2021 में आया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाके से टकराया यहाँ पे आप उत्तरी आंध्र प्रदेश कर सकते हैं उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाके से ये टकराया है बंगाल की खाड़ी में ये बना है बंगाल की खाड़ी में ठीक है बंगाल की खाड़ी में गुलाबी तूफान बना है और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाके से टकराया है गुलाबी तूफान का जो नाम है वो पाकिस्तान द्वारा दिया गया है ठीक है चलिए जो तो चक्रवात है अगला अगला चक्रवात आप देख रहे हैं तौकते चक्रवात है मई 2021 में आया महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक केरल गोवा इससे प्रभावित हुए यानी आप देखेंगे तो भारत का जो तटीय भाग है ये वाला ये पूरा प्रभावित हुआ इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भी थोड़ा प्रभावित हुए हैं तो महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक यानी जो पश्चिम तटीय क्षेत्र है वही प्रभावित हुए हैं नाम जो दिया गया है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया किसके नाम किसके द्वारा दिया गया है म्यामार के द्वारा किस शब्द से बना है यह ताउते शब्द से ये मिलकर बना है ताउते से तोकते ता, शब्द बना है ठीक है इसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली एक छिपकली उसका नाम है ताउपे ताउते उसी के आधार पर तोकते चक्रवात रखा गया यास चक्रवात मई भी मई इक्कीस में आया एक उष्ण चक्रवात है ये भी उष्ण चक्रवात है यास भी एक उष्ण चक्रवात है ये पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड उड़ीसा को प्रभावित किया ठीक है अच्छा इसके साथ ही अंडमान निकोबार को भी प्रभावित किया थोड़ा बहुत वहां पर ज्यादा बारिश हुई है यास नाम जो दिया गया है ओमान के द्वारा दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है ओमान के द्वारा यास जो शब्द है इसका अर्थ होता है निराशा क्या होता है निराशा यह पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड उड़ीसा के तट से तक, जब टकराया है तब इसकी स्पीड रही है, प्रति है? चक्रवात, की तरफ चलते हैं। चक्रवात निवार, या निवार चक्रवात के नाम से जानते हैं पच्चीस छब्बीस नवंबर दो हजार बीस तमिलनाडु कराईकल पुदुचेरी से यह टकराया है इसका नाम दिया गया है ईरान के द्वारा ठीक है निवार जो शब्द है इसका अर्थ होता है रोक थाम करना क्या अर्थ होता है रोक थाम करना ठीक है ध्यान रखिएगा रोक थाम करना इसका अर्थ होता है ये जब तमिलनाडु और कराईकल के तट से टकराया है तब इसकी स्पीड रही है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास उसके बाद अगला तूफान है निर्सर्ग निसर्ग, निसर्ग. चक्रवात ठीक है जून 2021 में आया है महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराया प्रकृति क्या अर्थ होता है प्रकृति होता है अगला अम्फान चक्रवात यहां पर आधा माह होना चाहिए लेकिन पूरा माह लिखा है तो सही कर लीजिएगा अम्फान चक्रवात मई दो हजार बीस में आया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही इसने मचाई है अम्फान जो नाम दिया गया है वो थाईलैंड द्वारा दिया गया है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अम्फान का वो होता है आकाश ठीक है चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यही याद कर लीजिएगा कब जारी किया गया है यह ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 2021 को सील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर एक रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है ठीक है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ठीक है किसके द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जयंती के अवसर पर 125वीं सौ जयंती के अवसर पर ठीक है ये जो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी थे ये इस्कान आंदोलन के जनक भी थे किसके इस्कान आंदोलन के आंदोलन के जनक थे दिन इस तरह लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियस ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना की थी उन्नीस सौ 1966 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी स्थापना की थी कहां पर न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी स्थापना की थी किसकी इस अगला पॉइंट देखते हैं यह जो कार्यक्रम है यह संस्कृति मंत्रालय और इस्कान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है ठीक है भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए श्री श्रील प्रभुपराज जी ने अपने जीवन काल में भारत में ध्यान रखिएगा यहां पे लिखा है भारत में आठ केंद्र स्थापित किए आज इनकी संख्या 330 हो गई है विश्व में इनकी संख्या लगभग साढ़े आठ सौ के आसपास हो गई है ठीक है यह ध्यान रखिएगा अगला जो प्वाइंट है वह है स्वच्छ आइकोनिक स्थल देखिए यहां पे लिखा हुआ पहले पढ़ लीजिए फिर आइकोनिक स्थल आपको दिखा के याद कराते हैं 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकोनिक स्थल यानी एस पहल के चरण चार के अंतर्गत 12 आइकोनिक स्थलों के चयन की घोषणा की है ये जो आइकोनिक स्थल है किस लिए घोषित किए जाते हैं तो ध्यान रखेगा जैसे प्रतिष्ठित धरोहर है आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जो स्थल है इनको जो है स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में विकसित करना है तो 12 स्थल हैं 12 स्थल में पहला स्थल आप देखिए अजंता की गुफाएं हैं कहां पे महाराष्ट्र में ये स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के तहत पहला स्थल है इसमें मतलब 12 स्थल एक साथ घोषित किए गए तो पहला हो गया दूसरा कुलगढ़ का किला और सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश का घोषित किया गया यानी मध्य प्रदेश के दो घोषित किए गए कितने दो मध्य महाराष्ट्र का एक ठीक है उसके बाद अगला देखिए राजस्थान के भी दो किए गए कौन कौन जैसलमेर किला और रामदेवरा जैसलमेर तीस अगला है रॉक गार्डन चंडीगढ़ चंडीगढ़ रॉक गार्डन यह भी घोषित किया गया स्वचाइकोनिक स्थल कितने हो गए दो दो चार दो छे सातवां देखिए डल झील जम्मू कश्मीर की है जिसको स्वच्छ आइकोनिक स्थल के तहत शामिल किया गया है अगला है बाके बिहारी मंदिर मथुरा और आगरा का किला है? ये यूपी के है यूपी के दो स्थल लिए गए हैं ठीक है अगला है सूर्य मंदिर कोरार यानी उड़ीसा उड़ीसा का एक स्थल शामिल कर लिया गया ठीक है गोलकुंडा किला गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद तेलंगाना का है कहा का हैदराबाद तेलंगाना इसमें तेलंगाना नहीं बनाए तो लिख लीजिएगा ठीक है अगला जो स्थल है कालीघाट मंदिर है कहाँ का पश्चिम का, बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का देखिए 12 हो गए होंगे दो दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यही बारह आइकॉनिक स्थल है इसको आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि एमपी में दो हैं, राजस्थान में दो हैं, यूपी में दो हैं, बाकी सब जगह एक एक हैं, तो जल्दी से याद हो जाएगा ठीक है चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है जिसका नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा गया है सिंधु नदी के नाम पर पहला केंद्रीय विद्यालय है भारत का ठीक है बाईस जुलाई दो को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख के केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की गई लेकिन इसका उल्लेख जो है निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में भी किया था, ठीक है अब देखिए अगला 5 अगस्त दो हजार को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे विद्यालय लिख है विश्वविद्यालय कर लीजिएगा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया छह अगस्त को राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया कब छ अगस्त को 22 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या की गई मंजूरी प्रदान की गई 5 अगस्त को लोकसभा द्वारा और 6 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया 12 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और इसका नाम होगा इस विश्वविद्यालय का सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको याद जरूर कर लीजिएगा डेटवाइज ठीक है चलिए राज्य खाद्य सुरक्षा yeah. सूचकांक दो हजार बीस 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया कब जारी किया गया 20 सितंबर 2021 को क्या नाम है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक दो हजार कब जारी किया गया ध्यान रखिएगा 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया किसके द्वारा जारी किया गया है तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है जो कि तीसरा सूचकांक है इसके आगे देखेंगे किसके द्वारा जारी किया गया यानी फसाई द्वारा जारी किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी जो स्थापना की गई है वो 2011 में की गई है फसाई की स्थापना कब हुई दो में किस अधिनियम के तहत हुई ये ध्यान रखिएगा खाद्य सुरक्षा यहां पर लिख दे रहे हैं खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम में की गई इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है है पे मुख्यालय नई दिल्ली में इस समय सीईओ कौन है इसके इस समय प्रेजेंट टाइम में तो पवन कुमार अग्रवाल इस समय इसके सीईओ हैं पवन कुमार अग्रवाल इसके सीईओ है ध्यान रखिएगा ठीक है अब बात आती है खाद्य भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा जारी किया गया तीसरा सूचकांक है जो इसका पहला सूचकांक है वो सात जून को जारी किया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर यहीं पे एक चीज याद रखिएगा सात जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है एक चीज और याद रखिएगा सोलह अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है केवल विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा शब्द नहीं लगा होता है ठीक तो ये याद रखिएगा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, दिवस जो है 7 जून को होता है पहली बार 7 जून 2019 को जारी किया गया था इसमें 36 राज्य संघ दो हजार में शामिल किए गए हैं 100 अंकों के आधार पर रैंकिंग की गई है बड़े राज्यों की अगर बात करें तो नंबर एक पे है बहत्तर अंक के साथ गुजरात दूसरे नंबर पे है केरल तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु चौथे नंबर चौसठ नंबर के साथ तीसरे स्थान पे इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं जीके ट्रिक क्या याद कर लेंगे आप जीके ट्रिक आप लोग बार बार बोलते हैं जीके ट्रिक चाहिए जीके ट्रिक चाहिए तो जीके ट्रिक्स से आप लोग इसको याद कर सकते हैं छोटे राज्यों में जो तीन स्थान है वो है गोवा मेघालय और मणिपुर गुड मॉर्निंग मम्मी आप याद कर सकते हैं माम जो भी आप कहते हो जी गुड मॉर्निंग मम्मी माम का ठीक नहीं है तो ठीक है तो आप लोग इस हिसाब से याद कर लेते कर सकते हैं जो आप लोग अपने मतलब दिनचर्या में सब यूज करते हैं उससे याद करेंगे तो याद रहेगा तो गोवा मेघालय और मणिपुर ठीक है संघ राज्यों में तीन प्रथम तीन जो राज्य है उसमें है जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली ये इसके आगे जो लिखे गए हैं ये सौ अंकों के आधार पर जो इनको अंक मिला है वो लिखा है जैसे इकसठ नंबर मिला है अंडमान निकोबार को सड़सठ नंबर मिला है जम्मू कश्मीर को अब देखिए निम्न स्थान किसको मिला है छोटे राज्यों में मिजोरम को पहला स्थान किसको मिला है छोटे राज्यों में गोवा को अंत में किसको मिला है मिजोरम को आठवां स्थान आठ, आठ राज्य छोटे राज्यों में शामिल है बिहार बड़े राज्यों में बीसवा स्थान पाया है सबसे अंत में है ठीक है उसके बाद लक्षद्वीप जो है आपका है ये संघ शासित राज्य क्षेत्रों में आठवां स्थान पाया अंतिम यानी आठ छोटे राज्य हो गए आठ संघ शासित हो गए बीस ये हो गए यानी कुल 36 राज्य आपके हो गए इसको आपको याद करना है बहुत महत्वपूर्ण है ये उत्तर प्रदेश का भी देख लेते हैं स्थान क्योंकि महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के बारे में जानना ठीक है स्थान मिला है प्राप्त किसका जो है 59 है कौन सी रैंक मिली है फिफ्थ मिली है ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की पांचवी बैठक हुई है 18 अगस्त दो हजार को ठीक ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो बैठक हुई है 18 अगस्त 2021 को हुई है ये तेरहवा ब्रिक्स सम्मेलन जो 9 सितंबर को हुआ है उसी का अंग है चलिए इसके पॉइंट में जानते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग है। है? मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है बैठक के दौरान पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ाते हुए बेहतर और स्मार्ट शासन की दिशा में प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया गया ब्रिक्स देशों के मंत्रियों ने विशेष रूप से व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कोविड 19 की महामारी के अप्रत्याशित प्रभाव की चर्चा भी की आपको डेट याद रखना है भारत ने इसकी अध्यक्षता की है और पीयूष गोयल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है क्या है यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है कितने तारीख हुआ अठारह अगस्त को यह तीन पॉइंट आपको जरूर याद अगला है ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की जो आठवीं बैठक हुई है वो हुई है 6 जुलाई 2021 को ये भी तेरहवें ब्रिक्स सम्मेलन का ही हिस्सा है कब हुई है ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की कौन सी बैठक है आठवीं बैठक है कब हुई है 6 जुलाई 2021 को 6 जुलाई 2021 को भारत की अध्यक्षता में ध्यान रखिएगा छे जुलाई को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के शिक्षा सिछ, मंत्रियों की आठवीं बैठक हुई है जो वर्चुअल रूप से संपन्न की गई छे जुलाई को केंद्रीय शिक्षा संचार और इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य जो मंत्री है संजय धोत्रे ने इस बैठक की अध्यक्षता की है ठीक है यह बैठक भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले तेरहवें बिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा है तेरहवा बिक्स शिखर जो सम्मेलन है वो नौ नाइन 2021 में हुआ है ठीक है ध्यान रखिएगा इस बैठक में सभी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया है बरहाल आपको पॉइंट कौन कौन से याद करने हैं। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की कौन सी बैठक थी आठवीं कब हुई 6 जुलाई 2021 को अध्यक्षता किसने की भारत ने की किस माध्यम से हुई वर्चुअल माध्यम से हुई है भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की संजय धोत्रे ने जो केंद्रीय शिक्षा संचार और इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है यह पॉइंट आपको याद रखना है अगला ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 28 जुलाई 2021 कब हुई है ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कब हुई है 28 जुलाई 2021 को इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा रखिएगाइज होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर पेंडेमिक प्रीपेयर ये आपको थीम याद कर लेना है क्योंकि थीम बहुत पूछी जाती है इंपॉर्टेंट है ठीक है इंपॉर्टेंट कर लीजिए और याद कर लीजिए अगला पॉइंट है ब्रिक्स देश कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने शामिल करने तथा विस्तार देने के लिए इस संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई तो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कब हुई 28 जुलाई 2021 को यह भी ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा है इसकी थीम क्या थी ब्रिक्स रिक्वाइट टू कोविड नाइनटीन टुअर्ड डिजिटलाइज होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस ये आपको याद रखना है तीन पॉइंट एक अट्ठाइस जुलाई को हुई दूसरा इसकी थीम क्या है यह महत्वपूर्ण है चर्चा कोविड नाइनटीन की हुई क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है अगला पॉइंट ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य दो तक यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है ठीक है आज से पच्चीस साल बाद आप कह सकते हैं आज से कितने साल बाद पच्चीस साल बाद ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया कब दो कितने साल बाद आज से पच्चीस वर्ष बाद इस पर थोड़ा सा डिटेल दे लेते हैं 15 अगस्त को 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वही जो इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह आ रहे हैं गैस आधारित व्यवस्था पेट्रोल में डोपिंग इथेनॉल मतलब पेट्रोल में ईधन मिलाए जाने की बात देश में हाइड्रोजन का उत्पादन का केंद्र बनाकर दो तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कब तक रखा गया है दो तक बहुत ज्यादा चांस है कि यह प्रश्न जरूर आएगा और कब घोषणा की है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ठीक है भारत प्रतिवर्ष 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऊर्जा आयात पर व्यय करता है ठीक है संपूर्ण देश में सीएनजी पाइप आधारित प्राकृतिक गैस नेटवर्क स्थापित करना अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा पेट्रोल में 20 परसेंट इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य इथेनॉल 20 परसेंट मिलाने का लक्ष्य कब तक रखा गया नया 2025 पहले कितना था पहले कितना था 2030 ठीक है ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को भारतीय स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरा होने या वर्ष पूर होने पर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा दो बिल्कुल याद रखिएगा 15 अगस्त को हुआ है ज्यादा कुछ याद नहीं करना है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो गोला में बने हुए हैं बाकी तो है। तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को जारी किया गया तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवार परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव है इन्होंने बताया कि चार और आद्र स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया इसके पहले बयालीस थे अब इनकी संख्या मिलाकर चार जोड़ने के बाद कितनी हो गई 46 हो गई ठीक है चार आर्द्र स्थल कौन कौन से ध्यान रखिएगा थोल और बाधवाना है कहां पे है दोनों तो गुजरात की आर्द्र भूमि है थोल और बाधवाना दूसरा सुल्तानपुर और भिड़वासा को हरियाणा आर्द्र भूमि में जोड़ा गया है ठीक है तो दो गुजरात के स्थल जोड़े गए दो हरियाणा के जोड़े ठीक है अच्छा एक चीज और यहीं पे ध्यान रखिए अगर पूछा जाए सबसे अधिक रामसर स्थल कहां पे हैं तो यूपी में है कितने हैं आठ है। ये ध्यान रखिएगा इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या छियालीस हो गई है पहले भी बता चुके हैं इन स्थलों को आच्छादित क्षेत्र कितना हो गया है आप की बात कर रहे हैं कितना हो गया है <coughs> कितना हो गया है पूरा क्षेत्र भारत में कितना हो गया है दस लाख तिरासी हजार हो गया अच्छा अगर पूछा जाए आपसे कि वैश्विक स्तर पर यानी विश्व में कितने रामसर स्थल हो गए हैं तो आप लगभग बताएंगे चौबीस तो के आसपास इस समय कितना चौबीस तो हैं। जिसमें से भारत में कितने हैं 46 है है है यूपी में में कितने है? हैं आठ चीज़ याद रखनी अच्छा अगर बात किया जाए कि सबसे सबसे अधिक अधिक क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो यहां पे लिखा हुआ भारत में इतना है, सबसे अधिक किस देश का है जो रामसर असल में शामिल है तो वो देश है बोलीविया रामसर एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी उन्नीस को लागू ये हुआ है उन्नीस में भारत ने इसमें हस्ताक्षर किया है एक फरवरी उन्नीस वो देखिए को देखिये यहां पर हम डेट लिख दे रहे हैं रामसर संधि कब हुई दो फरवरी उन्नीस रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ 75 में ध्यान रखेगा भारत में इसमें हस्ताक्षर कब किया एक फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया और भारत का जो पहला रामसर स्थल बना वो चिल्का झील बनी क्या बनी चिल्का झील इसी के तहत भारत तो जो है क्या मनाता है भारत क्या पूरा विश्व मनाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मनाया जाता है दो क्या मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे ठीक है आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा और भारत में अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात की जाए कहां पे है तो वेस्ट बंगाल में है कितना है लगभग चार वर्ग किलोमीटर ठीक है भारत में पूरा कितना है दस लाख तिरासी हेक्टेयर सबसे अधिक जो आद्र स्थल का क्षेत्र है वो बोलीबिया में है विश्व में अगर ये भी एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि विश्व में पहला स्थल ऐसा कौन सा है जो रामसर के तहत शामिल किया गया तो यहां पे आपका लिख दे रहे हैं उसका नाम है कोबोर्ग प्रायदीप कहां का है ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला स्थल है जो रामसर सम्मेलन के तहत शामिल किया गया है। भारत में चिलका शामिल किया गया भारत रामसर में कब शामिल हुआ उन्नीस में रामसर सम्मेलन कब हुआ 2 फरवरी उन्नीस को हुआ लागू कब हुआ पचहत्तर में वेटलैंड डे क्या मनाया जाता है 2 फरवरी को ये चीजें आप ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट हरियाणा को अपनी पहली साइड पहली याद्र भूमि मिली है ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट कब से कब तक हुई है इंडो पैसिफिक हिंद महा हिंद प्रशांत बिजनेस समिट है कब से कब तक हुई है छ से आठ जुलाई 2021 के मध्य यही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना ठीक है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट ठीक है चलिए इस पर कुछ पॉइंट देखते हैं छ से आठ जुलाई 2021 के मध्य इंडो पैसेफिक बिजनेस समिट हुई है इसका पहला संस्करण जो है दो में वर्चुअल माध्यम से संपन्न किया गया इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के द्वारा किया गया है ठीक है इस सम्मेलन का की थीम क्या थी मुख्य विषय क्या था डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर सेयर प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है क्या था डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर सेयर प्रॉस्पेरिटी तो आपको याद करना है इंडो पैसे कब, कब तक हुई है छ से आठ जुलाई दो हजार इक्कीस के मध्य हुई है पहला संस्करण है वर्चुअल माध्यम से दो हजार इक्कीस में संपन्न हुआ है विदेश मंत्रालय के सहयोग से सीआईआई द्वारा इसका आयोजन किया गया है इस सम्मेलन की जो थीम है डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी ये आपको याद रखना इतना ही Kendrit सौर तापी यानी कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल आधारित परीक्षण रिंग सुविधा इसकी जो स्थापना की गई है वो 7 जुलाई को की गई है कब 7 जुलाई ये महत्वपूर्ण पॉइंट है याद रखना है आपको कहां पर की गई है हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है किसके द्वारा की गई है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल आधारित रिंग सुविधा की स्थापना की गई है ठीक है कहां पे स्थापित की गई है? हैदराबाद में ये पॉइंट आप याद रखिए बस इतना महत्वपूर्ण तो पॉइंट है चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भारत का पहला वाटर प्लस शहर ठीक है पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है तो आप देख लीजिए इंदौर को किया गया है ग्यारह अगस्त दो डेट याद रखिएगा भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है इंदौर को किसके द्वारा केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है भारत जो है जो खुला शौच मुक्त हो चुका है यानी भारत जो है अब ओडीएफ फ्री हो चुका है ओडीएफ फ्री ओडीएफ बोलते हैं ओडीएफ मतलब हुआ ओपन डिफेक्शन फ्री यानी खुला शौच मुक्त तो भारत ओडीएफ हो चुका है यानी खुला शौच मुक्त हो चुका है अब ये कहां प्रवेश करेगा अब ये ओडीएफ प्लस में प्रवेश करेगा उसके बाद कहां प्रवेश करेगा ओडिया प्लस प्लस में उसके बाद भारत प्रवेश करेगा वाटर प्लस में ठीक है ओपन डिफेक्शन फ्री यानी खुला सोच मुक्त तो जो अभी इंदौर शहर शामिल किया गया वो ओडिय प्लस में शामिल किया गया है ठीक है वाटर प्लस शहर इसको घोषित किया गया यानी जल आदेश कितना घोषित की गई है अगला लगातार चार बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया।, किया है यहां पर देख लीजिए दो हजार सत्रह में दो हजार अठारह में दो हजार उन्नीस में दो हजार बीस में चार बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है और यही अब वाटर प्लस शहर बन गया है ठीक है डबल भी एक शब्द है मानकों को मा, इसके कई मानक विकसित किए गए हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे वाटर प्लस शहर के मुकाबले में इंदौर के साथ साथ दो शहर और सूरत और अहमदाबाद सूरत अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र की नवी मुंबई को भी शामिल किया गया है ठीक है वाटर प्लस कि जो चयन प्रक्रिया है इसमें चौरासी देशों ने आवेदन किया था जिसमें से केवल 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के पास बाद उचित पाया गया था उनको शामिल किया गया चलिए अगला पॉइंट छत्तीसगढ़ में नए जिलों के गठन का ऐलान किया है वहां के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को 15 अगस्त 2021 को पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस देखिए ध्यान रखिएगा भी पूछा जाता है पचहत्तरवा छिहत्तरवां था ध्यान रखिएगा पचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस था के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार नए जिलों तथा 18 नई तहसीलों के घट गट, गठन की घोषणा की है नौ नवगठित जो चार जिले हैं उसमें है मोहलामानपुर शक्ति सारंगगढ़ बिलाईगढ़ मनेन्द्रगढ़ ये चार जिले शामिल किए गए नाम तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है बत्तीस कितनी नई तहसीलें बनी है अठारह कितने नए जिले बने हैं चार कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई छत्तीसगढ़ में बत्तीस ठीक है कब पंद्रह अगस्त को घोषित किया गया इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक बारह अगस्त दो हजार को ध्यान रखिए इब्सा मतलब होता है यहां पर लिख लीजिए इप्सा का मतलब क्या है इप्सा इस तरह लिखेगा आई से हो जाएगा इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो वर्तमान अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है कौन कर रहा है भारत कर रहा है इसकी जो स्थापना हुई है 2003 में हुई है ब्राजीलिया में ब्राजीलिया यानी ब्राजील ठीक ब्राजीलिया ब्राजील में इसकी स्थापना हुई है अच्छा इसी के साथ दो में एक इब्सा कोष की भी स्थापना की गई किसकी इब्सा कोष की भी स्थापना की गई है तो हिब्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक कब हुई है 12 अगस्त 2021 को आपको याद रखना है 12 अगस्त 2021 को इबसा यानी इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई है कैसी हुई है वर्चुअल रूप से हुई है यह बैठक भारत की अध्यक्षता पहले ही बता चुके हैं भारत अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान रूप में इसके, इसके इसके इसमें भारत के पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ब्राजील के पर्यटन मंत्री गिल्सन मचाडो नेटो और दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्री उप पर्यटन मंत्री हैं फिश अमोस महलेला ने भाग दिया इंपॉर्टेंट है डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रुपी लॉन्च हुआ है 2 अगस्त 2021 को याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है कितने तारीख को लॉन्च हुआ है दो अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सोलूशन ईरोपी लॉन्च किया है यह डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है तो आपको तो डेट याद रखना है किसने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब दो अगस्त 2021 को विमान खरीद आदेश पर हस्ताक्षर हुआ है 7 जुलाई 2021 को 7 जुलाई 2021 को गिफ्ट सिटी यानी गुजरात, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी देखिए जी आई एफ टी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी स्थित लीजिंग कंपनी ने भारत के पहले विमान खरीद आदेश पर हस्ताक्षर किया कितने तारीख को 7 जुलाई 2021 को यह जो समझौता है वो हुआ है बी एम एन एवियशन गिफ्ट सिटी गांधीनगर और एयरबस हेलीकॉप्टर एस मैरिग्ने फ्रांस के बीच हुआ है। किसके नगर यानी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। पहली बात तो यही लिख लीजिएगा भारत और फ्रांस के बीच हुआ है ठीक है गांधीनगर कौन सी बी एम एन गिफ्ट सिटी गांधीनगर और एयरबस एयर बस हेलीकॉप्टर फ्रांस के बीच हुआ है है बहुत याद कर लीजिएगा इस्पा, आप इसके बारे में जानते ही होंगे हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि सार्वजनिक हस्तियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखने और जासूसी करने के लिए इसका उपयोग किया गया ऐसा आरोप यह एक प्रकार का मालवेयर होता है मालवेयर क्या होता है अगर आपने इंस्टॉल हो गया तो आपके जो और भी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो करप्ट हो सकते हैं ठीक है, है? बेयर, बेयर का एक रूप है ठीक है क्या करता है? छुप करके आपकी जो सारी जानकारी ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है ठीक अगला पेगा इस फार्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कहाँ से विकसित किया गया इसराइली फार्म एनएसओ ग्रुप द्वारा जिसे दो में स्थापित किया गया था जम्मू कश्मीर में परिसीमन 6 मार्च 2020 को गठित किया गया है 6 मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसद की सीटों को बनाने के लिए एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया गया परिसीमन आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और संबंधित राज्य का राज्य का जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो होते हैं ठीक है थीके? अगला पॉइंट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में झारखंड को पहला झारखंड का जो रांची है पहला यूपी के चंदौली को दूसरा झारखंड के सिमडेगा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है यहां पे यूएनडीपी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के तीन जिले शामिल किए गए हैं ठीक संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जारी किया गया उसमें तीन जिलों में पहला स्थान है रांची का झारखंड का दूसरा चंदौली झारखंड के सिंडेगा ठीक है मतलब रांची पहला चंदौली दूसरा झारखंड का सिंडेगा तीसरा सोनभद्र चौथा जो यूपी के तीन जिले शामिल है उसमें दूसरे नंबर पर चंदौली है चौथे नंबर पर सोनभद्र है पांचवें नंबर पर फतेहपुर है सीएसएफ आप करके याद कर सकते हैं और याद रहेगा हमेशा आपको अगला राजनैतिक दलों की अद्यतन स्थिति क्या है देखिए आठ राजनीतिक दल हैं इस समय भारत में ठीक है राष्ट्रीय दल हैं राजनीतिक दल बहुत है आठ राष्ट्रीय दल हैं ठीक है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है उन्नीस में स्थापित थी बहुजन समाज पार्टी उन्नीस में स्थापित है राष्ट्रीय दल है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में स्थापित थी राष्ट्रीय दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापित है राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अठारह में स्थापित हुई और राष्ट्रीय दल है तृणमूल कांग्रेस पार्टी उन्नीस में स्थापित है नेशनल पीपुल्स पार्टी दो में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी उन्नीस में स्थापित है ये सभी भारत के आठ राष्ट्रीय दल हैं कभी कभी पूछा जाता है कितने तो राष्ट्रीय दल हैं तो आठ राष्ट्रीय दल हैं याद रखिएगा भारत में में वर्तमान में सोशल मीडिया यूजर कितने हैं देखिए भारत में तिरपन करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं कितने तिरपन करोड़ और चारू करोड़ फेसबुक यूजर है और एक करोड़ चालीस लाख लगभग इंस्टाग्राम यूजर है और एक करोड़ से अधिक ट्विटर यूजर हैं यह डेटा आप याद कर लीजिएगा पूछा जा सकता है देखिए एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय कब गठन किया गया है जुलाई 2021 में सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी है कब जुलाई दो में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया क्या नाम हो गया है देखते हैं जहाज रानी मंत्रालय का जो नाम बदला गया है नवंबर दो हजार में बदलकर पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है मानव विकास संसाधन का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है अगस्त 2020 में बदला गया है क्या कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है ठीक है मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है दो में कब बनाया गया है दो हजार उन्नीस मत्स्य पालन क्षेत्र को केंद्रित रूप से विकास करने हेतु तो। किसी मंत्रालय में एक मत्स्य विभाग बनाया गया है ठीक है जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई है वर्ष 2019 में कब की गई 2019 में पूछा जा सकता है भले 19 दो हजार 20, का करंट अफेयर तो याद रखिएगा इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालयों के विलय को विलय करके बनाया गया है दोनों मंत्रालय ये वाले और इनको विलय करके बनाया किसको विलय करके बनाया गया पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय को विलय करके एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय इंपॉर्टेंट है इसको लिख के याद कर लीजिएगा दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय हुआ है 2019 में कब हुआ है 2019 में इसके लिए एक अधिनियम लाया गया और विलय कर दिया गया इसको आप याद कर लीजिएगा राष्ट्रीय महत्व के नए संस्थान देखिये राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहां पे स्थापित किया जा रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश में कब स्थापित किया जा रहा है 2021 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा है अगला राष्ट्रीय रक्षा स्विकृत हैगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है कब वर्ष 2021 में रक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो पहला विश्वविद्यालय है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थापित की जा रही है और ध्यान रखिएगा पहला फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है ये फोरेंसिक तो साइंस पहला संस्थान है कब स्थापित किया जा रहा है 2020 में शुरू हो चुका है काम ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज भटिंडा पंजाब में स्थापित किया जा रहा है एक चिकित्सा संस्थान है 2019 में जुलाई 2020 में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईसीएमआर की तीन प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया जुलाई दो में याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है नोएडा कोलकाता मुंबई एनके याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है नोएडा कोलकाता और मुंबई नॉन जिबल टोकन ये क्या होता है एनएफटी एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी यूनिक चीज को दर्शाता है यूनिक चीज मतलब जो आपके पास है किसी के पास नहीं है चाहे वो कला हो या कुछ भी हो किसी व्यक्ति के पास एनएफटी अगर है इसका मतलब है कि आप उस चीज के लिए यूनिक हो एंटीक हो यानी ऐसा कोई आपके पास आर्ट वर्क है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है ठीक है रुद्राच कन्वेंशन सेंटर रुद्राच कन्वेंशन सेंटर की जो स्थापना हो रही है 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र जिसे रुद्राच के रूप में जाना जाता है का उद्घाटन किया कब उद्घाटन किया है याद रखिएगा 16 जुलाई 2021 को कहां पे वाराणसी में कहा पे वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र कि स्थापित किया जा रहा है गुजरात अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र जून 2021 में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ध्यान कौन? गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने मिलकर गिफ्ट सिटी गुजरात में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कितना दो जून दो कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल ये बनाया गया है 28 जून 2021 को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल पोर्टल भारत के न्याय विभाग में लांच किया गया जिसका नाम है या आप कह सकते हैं जिसका उद्देश्य है भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने का काम यह करेगा ठीक है अगला एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस 27 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य इंटरफेस शुरू करने की घोषणा की गई है इसका डेट ही केवल आपको याद रखना है 27 मई 2021 को ठीक है शिक्षा सूचकांक रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा दो हजार -20 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई जारी किया गया है ठीक इस है इसमें शेष पांच राज्य जो हैं पहले नंबर पे पंजाब चंडीगढ़ तमिलनाडु केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे निचले जो राज्य हैं वो है लद्दाख मेघालय और नागालैंड चलिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम किया गया है कब 16 जुलाई 2021 को नया नाम क्या हो गया ठीक है 16 जुलाई 2021 को कानून मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा एक आदेश के साथ कामन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया है क्या नाम कर दिया हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2021 को भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम हरियाणा के गुरुगाव में स्थापित किया गया कहां पे हरियाणा के गुरुगाव में वेरी इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है हाल ही में में भारत का पहला एटीएम एटीएम हरियाणा के के गुरुग्राम स्थापित किया गया है। इस जरिए पांच से सात सत्तर किलोग्राम अनाज निकाला जा सकता है इस मशीन में तीन प्रकार के जैसे अनाज हैं, जैसे गेहूं चावल और बाजरा का वितरण किया जा सकता है अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है यह वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखियेगा गोवा फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन मई 2021 में स्थापित किया जा रहा है ये आप पढ़ लीजिए हाल ही में गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की है या स्थापना की है किसके तर्ज पर नीति आयोग की तर्ज पर ये काम करेगा ध्यान रखिएगा मैरीटाइम इंडिया विजन दो ठीक है ये मैरी इंडिया विजन मैरी इंडिया शिखर सम्मेलन है दो ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 21 के उद्घाटन के दौरान मैरी इंडिया विजन 2030 जारी किया इसका उद्देश्य क्या होगा मैरीटाइम इंडिया विजन का समुद्री नौवान क्षेत्र में अमूल परिवर्तन हो केंद्र सरकार ने 10 साल का खाका मैरीटाइम इंडिया विजन दो तैयार किया यहीं पे आप देख लीजिए थोड़ा सा ठीक है चलिए अगले तरफ फरवरी दो फरवरी 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग नीट का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है कब फरवरी 2021 याद रखिएगा अगला पॉइंट एक मुख्य चावल संग्रह अभियान 9 जनवरी 2021 को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की है कितने तारीख को शुरुआत की है नौ जनवरी 2021 को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डी ने, ने। कहां पे पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की है यहां की सीएम कौन है ममता बनर्जी हैं आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं यहां की जो राज्यपाल है वेस्ट बंगाल के वह है जगदीप धनखड़ तो यह भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है ठीक है इसका उद्देश्य क्या है संग्रह का मतदाताओं के साथ साथ सीधा संबंध स्थापित कर उनकी समस्याओं को जानना और उन्हें नए कृषि कानून से अवगत कराना है गुलाब अभियान गुलाब अभियान क्या है नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रवासी भारतीय संगठन के समूह द ग्लोबल कहा के ध्यान रखिएगा नए कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे उसके उसके समर्थन में प्रवासी भारतीय संगठन के समूह द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिवरा ने 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर अमेरिका में गुलाब अभियान की शुरू की है किसने अमेरिका में द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा ने भारतीय संगठन है प्रवासी भारतीय संगठन जो अमेरिका में रहता है वहां पर शुरू किया है कब चौदह फरवरी दो भारत सरकार ने योग को स्पोर्ट का दर्जा दिया है वर्ष 2020 में भारत सरकार ने दूसरे खेलों की तरह योग को एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल करने की मान्यता की है प्रदान की है अब इस खेल की प्रतियोगिता आयोजित मतलब योग की प्रतियोगिता आयोजित की जा सके कब वर्ष 2020 में योग को क्या दिया गया है स्पोर्ट का दर्जा स्वेतकारी संगठन इस संगठन में कृषि कानून का समर्थन किया गया है संगठन जो है महाराष्ट्र का एक संगठन है का महाराष्ट्र का एक क्या है संगठन है जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी कब हुई थी 1979 में जी जो, जब इसकी स्थापना हुई थी वो प्याज की कीमत कीमत के लिए इसकी स्थापना हुई थी प्याज की कीमत को बढ़ोतरी को देखते हुए लिए इसके की थी. सरद, सरद ने इसकी की थी. किसने शरद जोशी ठीक है स्वेदकारी संगठन ने कृषि कानून का समर्थन किया इंपॉर्टेंट पॉइंट राजा सुहेलदेव स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बना रही है 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन या शिलान्यास किया है कहां पे बना रही बहराइच उत्तर प्रदेश में कहां पे बहराइच में कितने तारीख को उद्घाटन हुआ है शिलान्यास हुआ है 16 फरवरी दो ऑपरेशन मिशन सागर 10 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर की शुरुआत की गई है ठीक है 10 दिसंबर दो हजार बीस को इस परियोजना की नींव रखी गई कब दस दिसंबर दो हजार बीस को इसकी नींव रखी गई है ठीक है इसमें प्रस्तावित कार्यक्रम क्या क्या है देखिए नए संसद भवन का निर्माण होगा जो त्रिकोणीय होगा केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाएगा राजपथ में परिवर्तन किया जाएगा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का संग्रहालय में परिवर्तन किया जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थानांतरण किया जाएगा बाकी इसकी डिटेल आगे आपको वीडियो में मिलेगी किसान रेल वर्ष 2021 में केंद्रीय बजट ठीक है तो वर्ष दो केंद्रीय बजट में सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए किसान रेल की घोषणा की गई पहली जो रेल चलाई गई सात अगस्त दो बीस को चलाई गई कहां से चलाई महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर अभी ये ये आपको याद ही करना है लेकिन आपको एक चीज और याद कर लेना है तेईस दिसंबर को तेईस दिसंबर दो हजार बीस को कब तेईस दिसंबर दो हजार बीस को नरेंद्र मोदी ने सऊवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है जो कहां से कहां चल रही है यह चल रही है संगोला ंगोला यानी सोलापुर महाराष्ट्र आप यहां पर तो महाराष्ट्र लीजिए लीजिए से लेकर सालीमार कहा सालीमार हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल ठीक यहां के बीच में सौवीं किसान रेल चलाई है ठीक है के लिए मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है तो सौवीं रेल कब चली है 23 दिसंबर को और 7 अगस्त को पहली किसान रेल चली थी भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कुशीनगर जिले में स्थापित किया जा रहा है कहां पे कुशीनगर जिले में निंजा यूएबी क्या है मई दो में चर्चा में रहा था भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरान, निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है जिसका नाम है निंजा यूए ठीक है भारत के शीर्ष पुलिस स्टेशन चलिए देख लेते हैं दिसंबर दो का डेट आई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के मणिपुर के सलेम सिटी में एडब्ल्यू पी एस सुमंगलम पुलिस स्टेशन है तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का चामलांग जिले का खारसंग पुलिस स्टेशन है इंपॉर्टेंट है पहला जरूर याद कर लीजिएगा कहां का है मणिपुर का है अगला जेवलिन थ्रो भाला फेक का फाइनल मुकाबला हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक की हम लोग चर्चा डिटेल से करेंगे ठीक है 7 अगस्त 2021 को जेवलिन थ्रो हुआ है जिसमें 7 अगस्त 2021 को भाला को का फाइनल मुकाबला हुआ है जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है सतासी पांच आठ मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण जीता है टोक्यो तो ओलंपिक भारत द्वारा जीता गया एकमात्र स्वर्ण पदक है ठीक है कितने पदक वगैरह जीतेंगे इसको आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसी के साथ वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक शूटिंग में जीते थे उसके बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं इसके अलावा ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं चेक गणराज्य के जैकब वाडलेक ने छियासी मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है और चेक गणराज्य के ही बीते जसलाव बेस्लि ने पचासी मीटर भाला फेंककर पदक जीता है ठीक है आज इतना ही आगे कल हम लोग पढ़ेंगे धन्यवाद बाबा